दोस्तों 27 जून को फैट चिंग वेबसाइट आर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर खान को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के बेस पे अरेस्ट कर लिया ये ट्वीट उन्होंने 2018 में किया था जिसमें एक मूवी का स्क्रीनशॉट था जहां इन्होंने लिखा था कि बिफोर 2014 हनीमून होटल आफ्टर टू हनुमान होटल मूवी का सीन कुछ इस तरह था की दो कपल हनीमून मनाने के लिए जाते हैं जहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है की होटल का नाम हनीमून होटल लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ उसका नाम चेंज हो चुका होता है हनुमान होटल अरे उसने तो कहा था हनीमून होटल ये तो हनुमान होटल है इनके ट्वीट को एक व्यक्ति ने कैप्शन में लेते हुए दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है इसलिए इसे जल्दी ही अरेस्ट किया जाए और इसी की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर खान को अहमदाबाद से दिल्ली बुलाया जहां पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया वो भी बिना किसी वारंट दिखाए न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा के रिक्वेस्ट करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें एफ की कॉपी नहीं दी जुबैर खान को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया गया जिसने उन्हें चौदह दिन के लिए जुडिसियल कस्टडी में भेज दिया जुबैर खान का ये पूरा केस सिर्फ एक ट्वीट की वजह से क्रिएट नहीं हुआ जुबैर खान ने एक ट्वीट मई महीने में किया था जिसमें उन्होंने यती नरसिम्मा ने बजरंगनी और स्वामी आनंद स्वरूप को हेट मोंग्रस कह दिया यानी कि नफरत फैलाने वाला करार दिया हिंदू शेरसेना के सीतापुर यूनिट के चीफ भगवान सरन ने इनके खिलाफ एक कम्प्लेंट दर्ज कराई इन्होंने हमारे महानतों के खिलाफ इस डेरोगेटरी वर्ड का यूज किया है इससे हमारे सेंटीमेंट को हार्ड पहुंचा है जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनके खिलाफ इस नफरत फैलाने वाले वर्ड का यूज किया जा रहा है दिल्ली पुलिस दोपहर को दिल्ली से सीतापुर लाती है जहां उन्हें सीतापुर की कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पे तो उन्हें बेल देने से मना कर दिया जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी थी उन्हें लेकिन अभी उन्हें इस मामले से पूरी तरह रिलीज नहीं किया गया मोहम्मद एक फेक चेकिंग वेबसाइट आए न्यूज के को फाउंडर है जिन्होंने इसकी शुरुआत प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर 2017 में की थी फेक न्यूज को कम्बैक करने के लिए उसको एक्सपोज करने के लिए जो मीडिया आजकल फेक न्यूज टी चैनलों पर चढ़ाते हैं इनको ये एक्सपोज करते हैं कौन सी खबर झूठी या कौन सी खबर सच्ची जुबैर खान अपना सारा काम डोनेशन के पैसे के थ्रू करते हैं फेक न्यूज को कम्बेट करने के लिए ये ग्राउंड लेवल तक जाते हैं इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और सोशल मीडिया से इतना ज्यादा पैसा तो आ नहीं पाता है इसलिए इन्हें डोनेशन लेना पड़ता है जो लोग भी इनके काम को सपोर्ट करते हैं वो इन्हे डोनेट करते हैं पैसे ऐसे ही एक प्रोसिक्यूटर ने ये भी क्लेम किया है इन कि ये पैसा विदेशों से लेते हैं इनमें पाकिस्तान सिंगापुर सीरिया ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पैसा लेते हैं लेकिन उन्हें अपनी वेबसाइट पे मैंशन कर दिया है की विदेशों से पैसा नहीं लेते हैं आर्ट न्यूज अपना सारा डोनेशन रेजर पे के थ्रू एक्सेप्ट करती है रेजर पे में आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और वॉलेट का भी यूज कर सकते हैं ये भी गूगल पे फोन पे या पेटीएम की तरह ही काम करता है लेकिन रेजर पे का ज्यादातर यूज बिजनेसमैन या छोटे मर्चेंट से यूज करते हैं जुबैर खान की गिरफ्तारी पर यूनाइटेड नेशन के एक स्पोक पर्सन ने कहा कि पत्रकारों को लिखने बोलने और उन्हें ट्वीट करने की फुल ऑफ फ्रीडम होती है उनके लिखने बोलने या ट्वीट करने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्होंने जुबैर खान का सपोर्ट किया है की कि जुबैर खान को जेल नहीं होनी चाहिए सी यानी की कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो पत्रकारों के काम को सपोर्ट कर दुनिया में कहीं भी पत्रकारों की बात को अगर दबाया जा रहा है तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जुबैर खान की गिरफ्तारी की इन्होंने भी निंदा की है इन्होंने ये भी कहा है कि जुबैर खान को इमेडिएटली रिलीज करना चाहिए और उन्हें उनके जर्नलिस्टिक वर्क को परस्यू करने देना चाहिए uh,